हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती जब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती जब भाभी बनती है तब ननंद अच्छी नहीं मिलती जब ननंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती अंत में सभी अच्छा मिल भी जाए तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती अब बचा आखिर में बेचारा पति वो तो कसम से आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं अभी हो दिवाली की फुलझड़ी जला डालूँगा अभी